ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यूट्यूब चैनल ए पी सिंह ऑल इन वन ये मेरा दोस्त शमशेर खान और हम जा रहे हैं मशकुं फर्स्ट ब्लॉग मशकुंड ये हमारी धनो धनों पे बैठ के जाएंगे और ऐसा तहलका मचाएंगे आप वीडियो तो इतनी पसंद आएंगे, देखते रह जाएंगे आ चुके हैं मंच के रोड पे यहाँ पर निकल चुके हैं और यहाँ पे अब मंच थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं एक गुलाब गुलाबबाग रहा है और ये हम मचकुंड पहुँच चुके हैं यहाँ पर बाल में अभी कुछ शॉर्ट से लूंगा मचकुंड के वो आ गया है मचकुंड अभी और पीछे का नजारा देख पा तो मैं देखो यहाँ कुछ मच्छ कुंड के नज़ारे ये कुंड का प्लेस है तीर्थ च... मच को तीर्थ राज माना जाता है ये पूरा में है मैं पूरा मच कुंड दिखाने की कोशिश करूँगा अगर नहीं हो पाता है तो दूसरे पार्ट में देखूँगा ने या फिर खींचने आते लोग हैं घूमने वगैरह लोगों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कुंड में तीर्थ यात्रा और यहाँ पे लोग घूमने बहुत आते रहते हैं नेट में तो और ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर अभी यहाँ पर <laughs> तो हमने मतकु दिखा दिया है और अभी कुछ यहाँ पर कुछ लाइटिंग वगैरह नहीं हो रही है तो हम नेक्स्ट डे आएंगे कभी तो मैं पूरा मचकुंड तो करिए और नमस्ते बाय बाय पी सिंह करिएयर सलाम जी